सो है व्हाट्सअप बॉइज़ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप पूरा लास्ट तक देखिए Insta के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बट ये एप्लीकेशन दूसरी है इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूँगा लास्ट वीडियो के लास्ट में वीडियो पूरी देखना बीच में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये मेरी एप्लीकेशन है इंस्टा नाम से इंस्टा नाम से ही ये एप्लीकेशन है आपको लिंक बारे में मिल जाएगी इसको ओपन कर ले ओपन करने के बाद आप किसी के डीपी देखना चाहते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं करना कोई वेबसाइट पर सर्च नहीं करना कुछ नहीं करना प्रोफाइल ओपन करें उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करने के बाद उसकी डी पे क्लिक करके रखें ये हो गया पहली टिप आपकी ये थी टिप नंबर सेवके चलते हैं इस वीडियो को आपको डाउनलोड करनी है बहुत अच्छी लग रही है डाउनलोड का ऑप्शन है वन क्रिक डाउनलोड और इसमें मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाती हैं जैसे कुछ बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाउनलोड करनी है जो सारी पोस्ट होती है मतलब एक साथ जो होती है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए एक सेकेंड में आपको दिखा पाऊँ मैं इस बाई की पोस्ट देखता कोई हो तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो बिल्कुल भी स्कटमत करना बिल्कुल भी जैसे ये तीनों फ़ोटोज़ हैं इस फोटो उसको तीनों को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद सिंगल पोज डाउनलोड करनी है तो सबसे पहला वाला ऑप्शन तीनों साथ में करनी है तो तीनों को क्लिक कर दें बाकी आपकी मर्ज़ी है मेरे को सिंगल करनी है तो मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ नीचे देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट डाउनलोड हो गई आप गैलरी में जाके देखेंगे तो ये सब मिल जाएगी आपको और इसकी एक टिप और है डार्क मोड आपको पास में मिल जाता है ये मैंने मैसेजर मैसेंजर का पिन है इसको देखें इसके बगल में ही आपको ये लाइट वाला मिल जाएगा डार्क मोड और लाइट मोड का इसके ऊपर क्लिक करें डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा हो गया तो और इसमें इंस्टा की स्टोरी भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इस भाई की स्टोरी देखते हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करें ऊपर जो थ्री डॉट्स होती है एक से केंड आपको दिखाता हूँ यहाँ जो थ्री डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा पूरी इंस्टा इसमें ऑडियो के साथ आपकी डाउनलोड होगा मतलब इसकी जो वॉइस है, कुछ होता है ना स्टोरी में डालते हैं तो वॉइस नहीं आती तो इसके साथ वॉइस भी आपको मिल जाएगी कोई एप्लीकेशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई बहुत ही यूज़फुल ऐप है बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड क्लिक करें और यह डाउनलोड स्टार्ट हो गया डाउनलोड हो चुकी है वो वीडियो और एक और टिप है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस प्रोफाइल में जाएं या आप चाहते हैं कि किसी का यार बायो कॉपी करना किसी का सेम कापी बायो करना है या फिर उसमें से कुछ चीज़ें लेनी है आपको बाई स्क्रीनशॉट लेके गूगल करके कर, कर, लेंसेस स्कैन करके या फिर ये करके क्रोम पे जाके कर इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना ये इसमें कुछ नहीं करना सिर्फ आपको उस पर सिंगल क्लिक करना है कॉपी हो चुका है बस आप चाहे तो मैं पेस्ट करके दिखा देता हूं आपको इसके मै पे जाता हूं ये पेस्ट हो गया बिल्कुल वही है कोई चेंज नहीं है तो गाइज ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन बजा लें जो भी मेरी पहली वीडियो है आपके पास तक पहुंचे और अपने दोस्तों को शेयर करें ये टिप्स आपके दोस्तों तक तो भी क्वेश्चन चाहिए बहुत सारी टिप्स आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, वीडियो मेरी आने वाली है व्हाट्सअप पे इंस्टा की अप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली आपका इंटरफेस आ जाएगा ये इंटरफेस आ जाएगा तो सर्च करना है इंस्टा प्रो ए या फिर इंस्टा प्रो भी रख सकते हैं आपका पहला या दूसरे लिंक पर भी क्लिक करेंगे पहले क्लिंक पर हम लिंक पहले पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा लोड होगा लोड होने देना स्क्रॉल करके ये आपको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा बाकी स्क्रॉल करते रहेंगे यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें डाउनलोड के ऊपर फ्रंट क्लिक करने के बाद आपका दो ऑप्शन आ जाएंगे सबसे पहला जो है डॉट कॉम इं, इसके ऊपर क्लिक करें ये कुछ सेकेंड्स लेगा आपकी कुछ सेकंड लेने के बाद आपका ये इंटरफेस आएगा देखिए यहाँ जा पे जाके आप सिंपली अपने डाउनलोड पे क्लिक कर दें डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको अप्लाई देना पड़ेगा दे यहाँ पे ओके कर दें ओके करने के बाद ये आपका डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं जी आपका डाउनलोड होने लग गया डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन इंस्टॉल पर क्लिक कर दें इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा बैक मत करना बैक करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा इसी ऐप को ओपन करके रखें और यहाँ पे दो एक से दो से तीन से एक सेकंड का टाइम लेगा यहाँ पे होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग